गाइस आज का वीडियो कोई गेम प्ले वाला वीडियो होने वाला नहीं है आज का वीडियो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है इस वीडियो में आपको पता चलेगा आपका स्कोर अगर रैंक पे ब्रोंच वन पे है और ब्रोंच वन पे भी एक हजार स्कोर है तो क्या आपको माइनस लगेगा या नहीं लगेगा वही देखने के लिए मैंने इधर लैंड किया रेड ड्रम के पास और इधर सीधा जाके रेड ड्रम फोड़ दिया और दिख रहा इधर मैं सबसे पहला बनना मर गया उसके बाद मैंने जब बैट किया तो इधर मुझे माइनस दो दिखाया समझ ना। लेकिन यहाँ पे स्कोर पे कोई माइनस मुझे नहीं दिखाया गया उसके बाद मैंने सीधे अपना प्रोफाइल ओपन किया जब मैंने प्रोफाइल भी ओपन किया तब भी वहाँ पे भी कोई माइनस मुझे देखने को नहीं मिला आप इधर क्लियरली देख सकते हो इधर कोई माइनस नहीं है मैंने दूसरा मैच पे भी स्टार्ट कर दिया यही देखने के लिए क्या एक्चुअली में माइनस लगता है या नहीं पहले मैच पे तो हमको बिल्कुल भी माइनस देखने को नहीं मिला अब मैं दूसरे मैच स्टार्ट कर लिया और इधर मैंने लैंड किया ऑब्जर्वेटरी पे और इधर मैं जा टोकन ढूंढ रहा हूँ टोकन से इधर से ग्रेनेड कर खरीदूँगा और ग्रेनेड से सीधा मर जाऊँगा यहाँ पर डायरेक्ट जा मुझे टोकन ढूँढ रहा हूँ टोकन नहीं मिला और सामने टोकन मिल गया मैंने सीधा जा टोकन उठाया और टोकन उठाने के बाद यहाँ से जाके एकदम बेंडिंग मशीन के पास गया यहाँ से ग्रेनेड खरीदा और खुद को ग्रेनेड मारा और देखो मैं एकदम सबसे पहला बंदा मर गया सबसे पहला तो नहीं है साइज से नंबर वाला बंदा मैं मर गया चलो बैक करते हैं देखते हैं क्या होता है इधर माइनस दो तो दिखा रहा है लेकिन रैंक माइनस नहीं हो रहा है इससे एक चीज क्लियरली पता चलता है आप कितना भी कोशिश कर लो आपका रैंक ब्रॉन्चवॉन के नीचे आएगा ही नहीं